मेरे और आपके आका और मौलान ने अल्लाह की बारगा में ये दुआ की अल्लाह मनी आउजे मिनलमौतफात अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ अचानक मौत आती है और इंसान को तलाफी का तोबा का मौका भी नहीं मिलता तो अचानक अमवात से पना मांगी गई तो हज़रत इसराइल सेहद ले लिया हजरत याकूब आसमाम ने कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना पहले को कासत भेज देना अल्लाह के नबी थे उनसे वादा कर लिया हज़रत इसराइल एक अरसे के बाद हाजिर हुए पूछा किधर आए हो कहा कब्जे रू के लिए आया हूँ कहा तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा पहले कासद भेजूँगा तो कहा, हजरत मैंने तो कासद भेजे थे फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया अर्ज़ की हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़ हुई ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था ये उठते हुए जनाजे मेरा कासद नहीं था तो और क्या था आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल उतराए ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था जब बेनाई कम पड़ने लगे जब आज़ाब मुदमहल हो जाएं, जब चलते हुए ठोकरे लगे जब बोलते हुए लुकन तने लगे जब यादाश्त खोने लगे तो समझ लो पैगाम मौत आ गया ये डूबता हुआ सूरज हमें मौत का पैगाम देखे जा रहा है देखो कैसा भंगपन था कैसी दोपहर थी कैसी किरणों की तमाजत और हिद्दत शिद्दत और गर्मी थी लेकिन आज दर्दे गुरूप से जर्द हुआ जा रहा हूँ इतनी बड़ी कायनात इतना बड़ा मम्बा नूर का जो आसमान के ऊपर जगमगा रहा होता है दर्दे ग्रूब से वो भी जर्द हो जाता है डीगर ते दिन गया मोहम्मद उड़क नू जाना तो ये हमें पैगाम देता मिया तुम भी जा रहे हो ये फैले हुए कब्रुस्तान बताते हैं हज़रत सैद आजम रजील्ला फरमाते हैं जाओ कब्रुस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मट्टी खराब हो रही है चुटकी भी निपड़ने देते थे मट्टी की आज उनके कफन भी तार तार हो गए ये डूबता सूरज ये उठते जनाजे ये फैली हुई कब्रे भुड़ापा ये बालों की सफेदी ये कमर का खम ये आंखों की बेनाई का कम पड़ जाना ये आजा का मुद महल हो जाना ये चलते हुए ठोकने लगना बोलते हुए लुकनत लगना ये सब कुछ मौत का पैगाम हजरत उमर बैठे थे दरबार में एक शख्स आके खड़ा हो गया या उमर लातन सा मौत उमर अपनी मौत को नहीं भूलना हजरत उमर यू कामते हैं जिस तरह बेद की शाख कामती है अल्लाह अकबर कहा मिया रोज आ जाया कर और मुझे रोज ये मैसेज दे दिया कर बड़ी बजम में वो आके कहता है उम्र मौत को नहीं भूलना महीने के बाद मुशाहरा भी देते हैं एक दिन आया उसका शुक्रिया अदा किया मुशाहरा दिया आज के बाद नहीं आना मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई नहीं कोई और शख्स आने लगा नहीं तस्करे मौत की ज़रूरत नहीं रही फमाया नहीं तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है तो हज़रत उम्र रोए दाढ़ी पर हाथ रखा एक बाल अलग करके कहा यह देख मेरे दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया अब तेरे आने की ज़रूरत नहीं है बाल ही मुझे चैन से नहीं बैठने दे हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफेद हो जाए ना मियाँ साहब बोले हड्डिया कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा अजय न फरमाता है लोगों का आग पे कितना हौसला है कितना हौसला है लोगों का आग पे कहते हैं देखो देखी जाएगी कहते देख लेंगे कोई कहता फला बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा कोई कहता है ये जहां मिठा अगला किसने डिठा जाओ कब्रस्तानों में पूछो देखा है कि नहीं देखा है कितने कितने हसीनों की मिट्टी ख़राब हो रही है तो कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हजत बाकी ना रहे मुझे और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हजू सपुरद करना है और मौत का जायका हर एक ने चखना है कबल इससे कि वह वक्त आज और फिर पछतावा हो आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करने से पहले अपने आप को तैयार करें दो चीज़ें दिल का जंग उतारती हैं कसरत के साथ मौत की याद और कुरान मजीद की तिलावत मुस्तफा की फिक्र लोगों को माद से जोड़ना और किताबुल्ला से उनको मरबूत करना है और इसी फिक्र के ऊपर मुल्क के बल्कि दुनिया के एक एक गोशे पे इस पैगाम महब्बत को फैलाया जा रहा है ताकि अगर हम अपने दिलों को मुसफ़ा करना चाहें अपने बातन की पाकिजगी और तहारत का सामा करना चाहें तो हमें यह करना होगा और यह नुस्खा दिलों की पाकिजगी का दिलों की सफाई और सुथराई का ये हमारा कोई इजाद करदा नुस्खा नहीं है या किसी सन्यासी बाबे का नुस्खा नहीं है ये दिलों कलबो नगाह के मुर्शद उवलिन का बताया हुआ नुस्खा है दिलों के तबीब का बताया हुआ नुस्खा नुस्खा है कि अगर आप अपने दिल मुशफ़ा करना चाहें बात साफ़ करना चाहें तो कुरान मजीद की तिलावत और कसरत के साथ मौत की याद ये तुम्हारे दिलों को पाक कर देगी